आप लोगों को याद होगा कि लेट 80s में दूरदर्शन पे एक शो आता था, था परमवीर चक्र पर हमारे घर पे टीवी नहीं था तो हम ये शो देखने के लिए अपने पड़ोसी घर पे जाते थे पालमपुर के मेजर सोमनाथ शर्मा भी थे और उनके तो बहादुर ऐसी दोनों बड़ी बहादुर ऐसी फौजी बनूंगा मैं देख लेना 15 अगस्त हो या 26 जनवरी सारे बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म में आते थे एक्सेप्ट फॉर विक्रम कोई भी फंक्शन विक्रम वही आमी वाली ड्रेस पहन के जाता था हिट पिकेम एम्बेरेसिंग एट टाइम्स बीस बाईस साल की उम्र में कोई क्या सपने देखता है यही कि खूब पैसे कमाऊंगा शोराम की जिंदगी होगी जायदाद होगी बैंक बैलेंस होगा पर विक्रम की सोच ऐसी बिल्कुल नहीं थी बचपन से एक ही जुनून एक ही फितूर एक ही सपना था मेरे भाई का फौजी बनूंगा देश की हिफाजत करूंगा चाहे जो भी हो जाए इक्कीस साल तक सपना देखा था आई में डेढ़ साल की ट्रेनिंग की थी तब जाके विक्रम के कंधे में दो स्टार्ज लगे थे कुल तेईस साल लग गए उसको अपने सपने को पूरा करने में एंड फाइनली, वाज इन इन सोपोर स्टार्टिंग जर्नी एज लेफ्टिनेंट जम्मू कश्मीर राइफल्स लेफ्टिनेंट विक्रम रिपोर्टिंग सर जयंद कैप्टन राजीव कपूर ऑफ़ जम्मू कश्मीर पहले कभी आया कश्मीर नो सर पहली बार और आ, पोस्टिंग भी पहली है सर दिस इज सर हेड क्वार्टर्स लेफ्टिनेंट ये कभी स्कूल हुआ करता था जय के एलफ के आतंकवादियों ने सबको से खदेड़ दिया अभी हमारा बेस सर लिसन तुझे डेल्टा कंपनी लॉटरी लौट हुई कमांडिंग ऑफिसर जयंत मै जय थैंक यू सर ले रघुनाथ सिंह जयदुर्ग लेफ्टिनेंट मीट लेफ्टिनेंट संजीव जामवाल एंड जयंत सर जयंत एंड मीट राजा सिंह जसरोटिया सर जय हिंद सर जयहिंद सोलजो वेलकम टू थर्टीन जाकर थैंक सर